ज्यूती अरे बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड दोनों मिलके पहनने वाले तेरे से कौन बात करेगा मानता हूँ मैं पहनता हूँ फटे कच्छे अरे एक बार मेरे साथ रह के तो देखो कर देंगे चार छोटे छोटे बच्चे रुक मारियो मैं बताती तेरे को चल लिए गोपी का फूल बनके गुड मॉर्निंग सर सर बबलू ना हम सारी लड़कियों को छेड़ता रहता है पत्नी क्या कहता है कच्चे बच्चे और कहता है आप आपके तो बच्चे भी नहीं है क्योंकि आपका औजार खराब है तुम चलो मैं भी आता हूँ और मानिए वंच में क्या लाया है सुनने में आता है हमको की आप बड़े डिमांड में रहते हो लड़कियों के मामले में चीज ही ऐसी अच्छा सर वो खुद मजबूर है मैं क्या करूँ खत्म गया